नमस्कार सदगुरु मैं बस जानना चाहता हूं कि शिव के मार्ग और बुद्ध के मार्ग में बुनियादी अंतर क्या है इट्स वेरी इजी टू टॉक अबाउट बुद्ध स्वयं बुद्ध के मार्ग के बारे में बात करना बहुत आसान है क्योंकि ये बहुत लॉजिकल है ये काफी आसान है और ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है गौतम ने लोगों को आम तौर पर जो तरीके बताए वो हमेशा कई जीवन कालों तक के लिए थे आप इसे आज साफ तौर पर देख सकते हैं बौद्ध भिक्षु हमेशा इस बारे में बात करते हैं खासकर तिब्बत के बौद्ध जिनका बौद्ध संप्रदाय आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कुछ राजनीतिक कारणों से वो हमेशा कई जीवन कालों की साधना की बात करते हैं तो अगर आपके पास उतना धैर्य है कि आप कई जीवन कालों तक साधना करने के लिए तैयार हैं तो गौतम का तरीका बहुत असरदार बहुत लॉजिकल और वैज्ञानिक है जिसमें आप कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह जागरूकता का मार्ग है जागरूकता के मार्ग पर चलने का महत्व यह है कि इसमें मील के पत्थर होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप एक मील दो मील या दस मील तक आ गए हैं या आपको बताता है कि आप कहाँ हैं यही इसका सबसे अहम पहलू है बहुत ज्यादा भरोसे या भक्ति के बिना भी आप विकास कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक साधना है बस इसे करते रहिए करते रहिए करते रहिए ये साफ तौर पर दिखाता है कि आप प्रगति कर रहे हैं लेकिन शिव के साथ ऐसी कोई गारंटी नहीं है और वो कोई मील के पत्थर भी नहीं रखते आप नहीं जानते कि आप आगे जा रहे हैं या पीछे लेकिन आप कहीं तो जा रहे हैं आप बस इतना जानते हैं इट्स लाइक फॉलिंग इन योर बॉटमलेस पिट यह एक बिना तली के गड्ढे में गिरने जैसा है सुनने में डरा ना लगता है मैं चाहता हूं कि आप समझें। गिरने के लिए बिना तली का गड्ढा सबसे सुरक्षित जगह है तली वाला गड्ढा खतरनाक होता है बिना तली वाला गड्ढा पूरी तरह से सुरक्षित है आपका जीवन पूरा हो गया अगर आप बस इसमें कूद जाएं, बस हो गया आप बस गिरते रहते हैं अगर आप कभी क्या किसी ने स्काई डाइविंग की है हुँ? आपने किए तो अगर आप गिर रहे हैं तब अगर आप कुछ हजार फुट के लिए पैराशूट ना खोलें तो उस दौरान आपको पता नहीं चलता कि आप नीचे जा रहे हैं या ऊपर बस ऐसा लगता है कि आप तैर रहे हैं और शानदार होता है सिर्फ जब आप नीचे देखते हैं तो यह धरती बड़ी तेजी से आपकी ओर आती हुई दिखती है अगर यह ग्रह हटा दिया जाए तो यह एक शानदार अनुभव है बस जब आप नीचे देखते हैं तो धरती तेजी से आपकी तरफ आ रही है यही समस्या है गिरना तो आप गिरने को बुरी चीज मत समझिए गिरना जबरदस्त चीज है क्या आप कभी प्रेम में पड़े जब आप तली से टकराते हैं तब समस्या होती है अगर आप बिना तली के गड्ढे में गिरते हैं तो कोई समस्या नहीं है तो शिव एक बिना तली का गड्ढा है उनके तरीके बहुत अलग हैं लेकिन आप उन्हें उस तरह सीमित नहीं कर सकते